ऐसे चीजें जो इंडिया को छोड़कर फॉरेन में बैन हैं नंबर वन कोलगेट अमेरिका में पाया गया कि ज्यादातर लोग अपना बाथरूम कोलगेट से साफ करते हैं उनका मानना है कि अगर कोलगेट दांत साफ कर सकता है तो टॉयलेट बाथरूम क्यों नहीं नंबर टू किंडोर जॉय अमेरिका में ये चीज बैन है क्यूँकी वहाँ की एक महिला ने केस फाइल किया था ये कि बच्चे इन चॉकलेट्स को खाते खाते इन खिलौनों को भी खा सकते हैं जिससे उनकी जान जा सकती है नंबर थ्री चुविंगम हम इंडिया में चुविंगम को मजे से खा सकते हैं पर भाई ऐसा सिंगापुर में बिल्कुल भी मत करना नहीं तो आपको पचहत्तर लाख रूपए का जुर्माना हो सकता है ये इसलिए क्यूँकी लोग चुविंगम को खाकर उसे सड़कों पर थूक देते हैं जिससे गवर्नमेंट को इन्हें साफ करने में काफी खर्चा होता था